टे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आज मैं जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है दही बल्लों का ऊपर से जो डालते हैं वो मसाला दही बल्ले टिक्के हो गए पापड़ी हो गई आपके आलू चाट हो गई बहुत सारी जो चाट होती हैं जो स्ट्रीट फूड जो कहते हैं उसमें जो डाली जाती है, वो यही मसाला होता है ये मसाला बनाना ईजी होता है इसे स्टोर करना ईजी होता है और इससे इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहाँ लिया है मैंने सॉफ्ट अच्छा मैं क्वांटिटी कम ले रही हूँ और अगर आप ज़्यादा से बना के रखना चाहें तो वो भी बना सकते हैं तो काली मिर्च के बाद मैंने डाली थी साबित बड़ी इलायची और दो छोट लौंग थोड़ा धनिया सोट सूखी अदरक को सोट बोलते हैं तो वो डाला है ही डाली है आ, लाल मिर्च लाल मिर्च साबित लाल मिर्च ज़ीरा ज़ीरा हम ज़्यादा लेंगे जीरा जैसे हमने बाकी सब एक एक चम्मच लिया है तो हमने ये तीन चम्मच लिया है यानी कि तीन गुना दालचीनी का टुकड़ा और यहाँ तेज पात भी ले, ले लेंगे तो मैं इसे रोस्ट करूँगी रोस्ट मैं तब तक करूँगी जब तक इसमें स्मोकी फ्लेवर नहीं आता है क्योंकि स्मोकी फ्लेवर से का मतलब यह है कि इसकी जो ऑयल होता है वो रोस्ट हो जाता है और बहुत अच्छी खुशबू आती है तो इसे मैंने ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद एक चार में रख दिया मैं इसको तब तक यूज़ करूँगी जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता इसकी लाइफ इतनी ज़्यादा होती है तो आप हो तो ये आपको अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को बाय